talk to 2019 maine kiya tha rap chaal teen saal beete ko saal lagese mai samalu sikha kuselika kus se yahan tak mai aaya mehnat kiya jaise mera naam tha aaya gaano pe mere aaj bhi view nahi aate us peche mere bhai kyun nahi aate kyunki tera bhai jo bhi likhe likhe pura real likhe pura fear deal real deal from the view room ही है अपना पे आके वापस जाना तो ना, है ना केज, मैं मिसन कर पूरे वही वही सोच मेरे रह जाते बंदा खुद की उल्टी मेरी सोच क्योंकि उल्टी है ये दुनिया तीसरी मंजिली है चलाना, पर मुझे हाथ नहीं है मिलाना राहू में रुकावट इसलिए राह में एकांत मत मिलाऊंगा अभी थोड़ा पूरे पाप की ए, पूरे साथ की ए, नाम दी जो गाने लिखे खूनी हाथ लिए नहीं होना फेक लेकिन मेरे भाई मालूम है के तेरी लंबा सफर जाना ही है यू करो में मालूम मुझे देना थोड़ा फ्लू जलाया मैंने सारे अरमान इनको क्या पता है मेरा गया है है फरमान हाथ हाथ में लेके कभी बैठा गहरा किया काम में सब काम सबके मुंह पे कहता फालतू ना ना को जाके पूछ बेटा कल की क्या चोरी डी से होता टेबिल और डीजे मेरा नाम छोटी सोचती तेरे बस का नहीं है काम बातें is it that the line shape across it to part and dance parna dance